सर ये जो उंगली पे शाही लगाते हो ये कितने दिन में निकलेगी कम से कम तीन चार महीने में यार मेरे सिर में भी लगा दो ढाई सिर्फ पंद्रह दिन ही चलती है